अब हमने पीबर्ड टेबल का जो लेआउट हमें रखा हुआ है वो रखा हुआ है कोलैप्स और एक्सपैन इसका इससे बेनिफिट क्या होता है यानी कि सब टोटल फॉर्मेट में है हमारा पीबर्ड तो इसमें क्या होता है कि कोलैप्स हो जाता है और एक्सपैन हो जाता है तो एक बहुत बड़ी अगर लिस्ट ऑफ डेटा है तो इसको हैंडल करना आसान होता है तो इसका यूज कर सकते हैं कि मुझे पता करना है कि मनी का टोटल क्या है तो जस्ट क्लिक किया और हम मनी का टोटल पता कर लेते हैं बट एक प्रॉब्लम भी है कि हर बार हमें रिपोर्ट एज ए पीवर्ट नहीं रखना होता है हम लोग कभी कभी इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद किसी और लोकेशन में पेस्ट वैल्यू करते हैं ताकि इस पे और कैलकुलेशन कर सके अब ऐसा करने पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि पीवर्ट के अंदर में हमारा नेम और हमारा सिटी एक ही कॉलम में है अब एक ही कॉलम में होने के कारण यहाँ पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया कि कौन सा नेम है और कौन सा सिटी है तो उस केस में मुझे चाहिए कि यहाँ अलग अलग सेल के अंदर कि पहले में नेम आए पहले कॉलम में दूसरे कॉलम में सिटी आए और तीसरे कॉलम में क्वांटिटी आए तो इसके लिए आपको अपने पेवर का लेआउट चेंज करना होगा वो आपको डिजाइन के अंदर में रिपोर्ट लेआउट होता है तो इसमें दो होते हैं सो आउटलाइन फॉर्म एंड सो टेबलेट फॉर्म इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं या फिर आप राइट right क्लिक करके पेपर टेबल ऑप्शन पे भी जा सकते हैं यहाँ डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पेवर टेबल लेआउट को सलेक्ट करके जैसी ओके okay करेंगे तो इस तरह के फॉर्मेट में आ जाएंगे अब इस तरह के जो फॉर्मेट में आएंगे तो यहां देखिए टोटल भी दिख रहा है कविता टोटल मनी टोटल ये सब टोटल कहलाता है अगर इसको रखना है तो रखिए अद यहां से राइट क्लिक करके अनचेक कर दीजिए आपका सब टोटल चला जाएगा ओके